थोड़ा अरे ना रे, ना रे ना रे ना थोड़ा तो पाद नुमा अरे ना रे ना धीरे से पाद नुमा अरे ना रे बाबा ना निकल गयी